एक रिक्वेस्ट करून जी हेलो एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कीर्तन में हॉल तो खचाखच भरती होता है

लेकिन वहां कीर्तन नहीं हो पाता वहां पर इतना साउंड होता है देखो जैसे यहां भी हो रहा है भाई साहब क्या बात कर रहे हो देखो दो में से एक ही काम हो सकता है कीर्तन हो सकता है या बात हो सकती है बातें करनी है तो बोलो अपने यहीं पर बैठकर बातें करेंगे आए कीर्तन के लिए शाम को तो झूठ मत बोलो

घर से बोल के आया आयो कि कीर्तन में जा है। रहा हैं बाबा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं और मेरे कीर्तन में आया है। यहां क्या देखेगा बाबा कि ये मेरे लिए नहीं आया है। ये तो गेट टुगेदर करने आया है। इसका रिश्तेदार मिल गया साथी मिल गया तो उससे बात कर रहे हैं कैसे बुलाओगे आधी रात को बाबा को कैसे बुलाओगे किस हक से बुलाओगे

इसके दरबार में बैठकर अगर आप इसके नहीं बन सकते तो फिर ये कैसे आशा कर सकते हो कि आधी रात के वक्त कोई तकलीफ होगी तो आप बाबा को बुलाओगे बाबा आ जाएगा देखो प्लीज कीर्तन करो और ऐसा कीर्तन करो कि महारथ खड़ा है बात मत हाई कोर्ट तो ये है

सुप्रीम कोर्ट में बाबा जा रहे हैं। आज तो ऐसा कीर्तन कर दो कि बाबा के रथ में आपके जो कीर्तन है ना वो हर एक कोने के अंदर में वो कीर्तन बाबा के रथ में समा जाए और जो ऊपर ध्वजा लहरा रही है उस ध्वजा के अंदर में आपकी आवाज सम्मिलित हो जाए। और जब खाटू रथ तो पहुंचे और जब ध्वजा फहराए

तो बाबा के मंदिर के चारों ओर आपके भजन बाबा को सुनाई पड़े और आपका तुरंत काम बन जाए। आज किसी और से बात करोगे ना तो अर्जी नहीं लगेगी बताओ कौन को अर्जी लगाना चाहते दिल से बोलो कि किसी से बात नहीं करोगे कोई भी बगल वाला आपसे बात करने की कोशिश करे मुंह बुला लेंगे

मत करना उससे मैं मजाक में नहीं बोला सीरियसली बोल रहा हूँ आज बाबा से बात करो बुले श्याम प्यार करे कीर्तन सुनो <laughs>

ये लगाना प्रेमियों। बाबा आए ना आपके गांव में नौ साल पहले ग्यारह जनवरी के दिन ही शोभा यात्रा ये मेरा सौभाग्य उस दिन भी शोभा यात्रा में बाबा ने मुझे बुलाया था और आज भी मेरा ये सौभाग्य है नौ साल बाद फिर गलियों से बाबा आए

चलकर बाबा के दरबार में आ गया आपने सुना ही होगा ग्यारह दिन से जहां भी कीर्तन करते हैं यही बोलकर कि जो ये यात्रा है इस यात्रा के लिए मैंने बाबा से अपने लिए कुछ नहीं मांगा

बाबा से इतना ही कहा बाबा इस यात्रा को जिसने भी देखा जो भी इस यात्रा में किसी भी रूप में शामिल हुआ जो भी कहीं भी कीर्तन में श्याम प्रेमी आया इस यात्रा का अगर कुछ भी फल मिलना हो तो पहले उन लोगों को देना उसके बाद में जो बचे वो मुझे दे देना बाबा

दिल में ये मानकर चलना कि पैदल हम चल रहे हैं लेकिन आपके लिए चल रहे हैं आपका भी काम बनेगा निश्चित बनेगा अच्छार भजन होंगे बाबा के दरबार में दिल से सुना दो बाबा से जब खाटू पहुंचूंगा

तो यही कहूंगा बाबा जिसने जिसने कीर्तन किया है उसका भी काम बना देना और जिसने नहीं किया है उसका भी काम बना देना ताकि अगली बार उसको शरम आ जाए बाबा के लिए कुछ नहीं किया लेकिन बाबा ने मेरा फिर भी काम कर दिया yeah. अर्जी लगाएंगे बाबा से कहा बाबा आपने सब कुछ दे दिया बस मतलब एक चीज

एक चीज की तमन्ना और है लेकिन सब बैठ जाओ ना सब बैठ जाओ अब किसी भी दरवाजे में अंदर आने की कोई जगह नहीं है इसलिए कोई जद्दोजहद मत करना जो जहां खड़ा है वहीं पर खड़े होकर किरत कर लेना पांच टीवी लगे हुए हैं

बाबा सही कहा बाबा बस एक आखिरी चीज दे दो बाबा उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा तुम से हमारी अल

अच्छा लगाए दुनिया खफा हो जाएगी लेकिन अगर बाबा खुश है ना तो आपका बाल भी माका नहीं होगा और अगर आप सोचते हो कि मेरा ये रिश्तेदार है मेरा ये रिश्तेदार है मेरा ये रिश्तेदार है इसकी यहां पहुंचे इसकी यहां पहुंचे लेकिन अगर बाबा आपसे खुश नहीं है ना तो सारे जैधरी धरी रह जाएगी

कोई काम नहीं आएगा नहीं है डूबना निश्चित है इसलिए कभी हमसे खफा नहीं होना। बोलो कभी हमसे खफा नहीं होना। बाबा चुपड़ी नहीं दे दो तो, लूखी रोटी भी चल जाएगी जा जा।

लेकिन आप खुश रहना बाबा बस आप नजर मत फेंक लेना किसको किसको इस सौदा मंजूर है किसको किसको मिलकर तालियां बजा कर बोले शाम में

हाथ एक बार देखो जो दीवाने हैं वो तो कैसे दिखाना एक बार

जी मैं

भी है और बाबा आपके पीछे भी इसने की बात नहीं है। जब इसका कोई प्रेमी भजन करता है ना तो बाबा उसके सामने नहीं होता उसके पीछे ऐसे खड़ा होता है आप ताली बजा रहे थे आपका तो होश नहीं था आप भजन गा रहे थे आपका होश नहीं था श्याम प्रभु

खुश होकर आपके पीछे ऐसे छत्र छाया लेकर खड़ा था क्योंकि प्रेमियों ना कोई भक्त नहीं और ना मुझे कोई ज्ञान लेकिन खाटू वाले के बारे में इतने वर्षों में इतना ही जाना है कि इनको भजन सुनाकर दुनिया का सब कुछ इनसे पा सकते हो

रोज एक भजन सुनाए करो आप चाहते हो कि आपके घर में जो आप खाना बनाओ वो प्रसाद बन जाए कौन कौन चाहते हैं आपसे नहीं, आप नहीं। माता मैंने खाना बना रही आप थोड़ी खाना बना घर का सारा काम है

चलते <laughs> तो छोटे भाई की बात मानोगे बेटा समझ कर मानोगे कल से जब खाना बनाऊ ना बाहर भजन चला देना ठीक है दो दिन चार दिन दस दिन

कंटिन्यू भजन चलाना जो भजन आज आई भी वही चलाना दो चार पांच दस दिन में क्या होगा आपको तो वो एक भजन याद हो जाएगा खाना बनाओ बाहर भजन बचता रहेगा और आप खाना बनाते रहना आपके अंतर आत्मा से बोल भजन निकलेगा और कसम से आप लोग सोचते हो ना कि कर्मा बाई का खाया था हमारे कहाँ खाएगा

कसम नजर नहीं आएगा, लेकिन आपके किचन में भोग इतना तो कर सकते हो ये सौदा तो महंगा नहीं बताया ना किचन में खाना बनाओ बाहर वजन लगा दो है ना सबके घर में सीढ़ी प्लेयर, है ना किसके किसके घर में है तो तो ना सब मोबाइल तो मोबाइल

कान नहीं। <laughs> याद रखना लिख कर दे देता हूँ एक महीना कर लेना एक महीना करके देखो आपको खुश खुद महसूस होगा आपके घर के आबोहवा बदल गई है आपके बच्चों के भाव बदल गए हैं, कीर्तन आप करोगे भजन आप

गाओगे लेकिन उस भोजन के अंदर में जो भजन मिक्स होगा ना उसको परिवार का पर कोई भी खाएगा उसके भाव बदलने शुरू हो घर में अगर रहता है घर में अगर अशांति दूर होने लग जाएगी कलेश दूर होने लग जाएगा और प्रेमियों आप भी अगर अपने ऑफिस में खुद बिजनेस करते हो अपने

टेबल है जो उसके में, में भजन की किताब जब कभी मिले पूरे दिन भर में एक एक भजन ठाकुर को सुना दो। पर फिर देखो महीना ये आजमा कर देखो राजूटा फूटा गाकर सुना दो पढ़कर सुना दो कसम से जो डील जिंदगी में नहीं भी वो डील होने लग जाएगी

मेरे पास कई कई फोन आते हैं भैया मैं आपसे सीखना, सीखना चाहती हूँ जो आज तक गीखना चाहता झूठ <coughs> बोलते हो आप अच्छा गाते हो पागल हमने भी सीखा हमने भी ऐसे बाथरूम सिंगर के मेरा गाना शुरू किया बाहर उस समय लखा जी की सावरी बैठे हुआ थी बाहर लखा जी की कैसे उस समय कैसेट चलती थी बाहर लखा जी को कैसेट लगा देते थे

और अंदर बाथरूम में नाटक चिल्ला चिल्ला कर कर उस समय एक-एक कमरे होते थे थे बगल वाला पड़ोसी परेशान रहते लेकिन वो गाते, गाते गाते गाते आज आप लोगों के बीच में बाबा ने खड़ा दिया दिया मान सम्मान दिया सब कुछ दिया बाबा ने भजन एकमात्र साधन है इसको अपने बस में करने का एकमात्र साधन आइए

एक आदमी बहुत परेशान था इतना परेशान उसके हालत बत्स, हालात बद से बदतर थे और दरबार में पहुंच गया किसी ने बता दिया ठिकाना कि चल जाओ बाबा के पास कई सुनवाई नहीं होगी लेकिन वहां सुनवाई हो जाएगी चवंदी है ना नहीं चलती ना

हिंदुस्तान के वर्ल्ड में आज इंडियन गवर्नमेंट की चवन्नी और उस चवन्नी को एक रुपया में लगा की अर्दास लगा दो गारंटी है वो पता है इसके दरबार में वही चलता है जो कहीं नहीं चलता उसने कहा बाबा मैं छोटा सिक्का

जिस तरह सिक्के को भंगार वाला भी नहीं लेता ना उस तरह मुझे भी किसी ने अपनाया है है। दरवाजा पता चला है बस आपके दरवाजे पर आया हूं अब।, अब आप जानो और आपका काम जानो और उसने पुकार लगाई माताओं कहनो मेरे भाई आज इस पुकार को जरूर गाना जरूर गाना

Are oh, ha

भी कुछ हाथ नीचे हैं। ये चारों तरफ घुमा दे रहे आप हो तो उसके लेना जिसका हाथ नीचे हो जिसका हाथ ऊपर हो उसके पद लेना

आपने दो में बाबा बाबा के लिए इतना गाया इतने दिल से बाबा को मनाया दीदी दीदी बच्चा अगर हो सकता साउंड के कारण एक बार बाहर ले जाओ उसको बाहर ले जाओ ठीक हो जाएगा गर्मी लग रही होगी बच्चे को बाहर ले जाओ

मेरी आवाज पसंद नहीं आई <laughs> क्या करने आए हो यहाँ पर क्या करने आयोज हाजरी हाजिरी लगाने आए हो ना कौन कौन हाजरी लगाने आयो

कहने आयो वापस से इस भजन के माध्यम से बोल रहा हूं मुझे जो समझ में आया वो मैं गा रहा हूं अगर आपको भी समझ में आए कि यह सही डिमांड है तो गा लेना जिंदगी बदल जाएगी

लायक बना लो माने लोने दरबार के बना लो माने थारे के लायक माने दरबार अब सुनो मैक्सिमम लोगों ने ये बोला होगा लायक बना दो बना लो लेकिन जिनकी कलम है बहुत समझदार है उन्होंने बना दू नहीं कहा बना लो लो लायक बना लो

क्योंकि बना दियो कहा होता तो शायद मेरे मन में ये ख्याल आ जाता कि अब तो मैं सब कुछ बन गया मैं खुद सहनशाह बन जाता लेकिन लायक बना लियो इसमें अरदास भाव है कि बाबा बना दियो बोलता तो शायद बनाकर मुझे आप छोड़ देते हो बना लो का मतलब है

लायक बना के अपने दरबार का दरबारी बना कर रखना छोड़ मत देना इसलिए लायक बना लो दरबार के लायक बना लो हरे बान कौन कौन मेरे साथ गाएगा सब गाओगे ना दस मिनट भजन में लगेंगे

बस दस मिनट दे दो उसके बाद बाबा के दरबार से जाना बाहर माथा टेक कर जाना कल सुबह साढ़े सात बजे इस दरबार से बाबा का रथ प्रस्थान करेगा जिसको खाटू अर्जी पहुंचानी है बाबा के रथ में अर्जी बांध देना और माथा टेक देना बाबा हम नहीं जा पा रहे लेकिन मेरी अर्जी लेते जाना सब खाटू वाले की अर्जी खाटू पहुंच तो जाएगी

यात्रा के लिए पूरे हिंदु, हिंदुस्तान के लोगों ने दुआ, दुआएं दी है एक और हो गई 35 फाइव एम चैनल राहुल भैया यहां पर बैठे हुए हैं खुद इन्होंने कहा कि पूरी यात्रा लाइव होगी रोज कीर्तन लाइव होगा एक बार

एक बार खड़े एक एक एक बार, मिनट, खड़े हो, हो। देखिए कर्मा किसको कहते हैं हिंदुस्तान में आस्था चैनल संस्कार चैनल तरह तरह के इतने चैनल थे दिव्या चैनल बहुत से चैनल थे लेकिन हमारे कोलकाता का थर्टी फाइव एम चैनल पहला चैनल वो था जिसको खाटू धाम से लाइव करने का पहली बार मौका मिला था

और अभी भी इस फागुण मेले में भी 14 तारीख से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 7 दिन तक खाटू मंदिर से लाइव बाबा का दर्शन और बाबा के भक्तों का नजारा आपको देखने को मिलेगा थर्टी फाइव एमएम इनका कुछ श्यामी जिन्होंने कहा कि थर्टी फाइव पर लाइव होगा

दिल में खुशी हुई कि पूरे हिंदुस्तान को कीर्तन भजन से जुड़ने का मौका मिल जाएगा और कल राहुल भैया ने आसन में ये ऐलान कर दिया कि संजय भैया आपके जो तो बाबा का रथ जो चलेगा बाबा का रथ और यात्रा जो पैदल चलेगी हम कोशिश करेंगे कि उस पूरी यात्रा को लाइव दिखाएं पूरे दिन और सबसे बड़ा जो कृपा

श्याम कला भवन हुण पर हुई है उस पर सबसे बड़ा हाथ सूरत धाम से श्री से श्याम सेवा ट्रस्ट का है श्री से श्याम सेवा ट्रस्ट जो रथ आप देख रहे हो यह रथ सूरत धाम के मंदिर का आपने नाम सुना होगा एक मिनट सूरत धाम के मंदिर का जो नाम आपने सुना इतना विशाल मंदिर बना जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए

अखंड जोत आई इसी रथ में खाटू धाम से चलकर अखंड ज्योत इसी रथ में आई मैं हमारे भैया है राजा भैया सूरत से आए लेकिन तो मेरा अधिकार है मेरा बाप पर अधिकार है एक बार ये राजा भैया सूरत से पैदल खाटू से पैदल सूरत बाबा के शरत के साथ साथ पैदल चलकर अखंड ज्योत लेकर गए और हमारे सिर्फ इतनी गुजारिश करने पर राजा भैया आपको एक्सपीरियंस है

कलकत्ते श्री से तो श्याम सेवा ट्रस्ट से राजा भैया ने गुजारिश की कि बाबा का रथ जाना चाहता है और श्याम सेवा ट्रस्ट ने दो मिनट में हामी भर दी और राजा भैया सूरत से कलकत्ता है और कलकत्ता से पैदल चल रहे हैं खाटू धाम बाबा के साथ, के साथ ऐसे ऐसे भी श्याम करें

लायक बना लो, हारे, लायक बना लो, हारे, लायक बना लो हारे, कौन कौन कौन कौन इस दरबार का बनना चाहता है पूरे हाथों से तालियां बजाकर कर श्याम थाली

अबे परसों परसो थे पहले पाना अरे परसो परसो में पानागढ़ में बीच में दिन में होल्ड था

और पाओ की हालत बहुत खराब थी भी हुआ जा रहा था किसी मगत ने कहा कि डॉक्टर साहब आए करते हैं? और मैं करता इस पॉइंट से लेकिन इतनी हालत खराब थी कि मैंने कहा चलो एक बार कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब आए इन्होंने पाओ में पॉइंट दिए तो हुआ

बगल में, में किसी ने पूछा डॉक्टर साहब आप भी चलो ना खटो डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा चलो मजाक कर रहा है है <laughs> है मैंने पूछा आपका कितना साल का है? कितने साल का का का एक्सपीरियंस कितने कोर्स इस पॉइंट करना छह महीने का कोर्स है छह महीना कोई लगन लगाकर अगर सीख ले तो वो प्रॉपर सीख जाता है मैंने कहा आपका कितना एक्सपीरियंस बोले मैंने सात साल सात साल इसके घर में

पर कई लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पॉइंट दिए हाथ में पॉइंट पांव ठीक हो गया तीन महीना हम जैसे बेले ही निकाल सकते है काम वाला थोड़े निकाल सकता है जितने भी चल रहे हैं सब बेले ही है ना क्या बोलता है क्या बोलता है इनको कोई काम नहीं था इसीलिए चल पड़े यात्रा लेकर

आना फ्री जाना फ्री बीच में, में खाना फ्री डाली सच्चाई है कई देर होना यात्रा से मेरे भाई साहब लोग तो यात्रा में जाना चाहते जा क्या खर्चा है पागल ढाई महीना खर्च कर देना और कोई खर्चा नहीं है वो कर पाओगे कोई खर्चा नहीं

बल्कि आपकी दवाई जरूर आप अपने साथ ले आना अगर कोई दवाई सीरियस इंजरी बीमारी है तो नहीं ले जाएंगे लेकिन बीपी शुगर की दवाई है वो जरूर साथ में ले आना क्योंकि सब दवाई मैच नहीं करती अलग अलग पेशेंट की अलग अलग दवाई होती है आपको ब्लैंकेट भी ब्लैंकेट भी, भी बाबा देगा बिस्तर भी बाबा देगा और सच बताऊ आप चलो साथ में ट्रक खड़ी है एंबुलेंस खड़ी है एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं हुआ कल करके से

एम्बुलेंस हो गई कलकत्ते से डॉक्टर नहीं मिला चार चार पांच पांच गाड़ी खड़ी है ट्रक के साथ बस खड़ी है सामान सारा लदा हुआ है ए टू जेड जो यात्रा में सामान लगना है वो सारा सामान लदा हुआ है लेकिन शाम प्रेमियों का चमवाड़ा इतना बड़ा था कि बीच में सो गए कि हम सो जाएंगे बाबा की यात्रा दर्द हमारे यहाँ से नहीं निकली तो सेवा हम ही करेंगे मेरे कहा डॉक्टर साहब कहा जाओ

मैंने मैंने कहा कहा फिर फिर कि पूछा चलूं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ आप डॉक्टर पैसे, तो हो पैसेंट को पंचर होगा उसका पॉइंट दे दोगे आप अपने औजार पत्थर ही छोड़ जाओगे आप औजार के साथ मत चलो आपने मुझसे पूछा चलो

आप शाम प्रेमी बनकर हमारे साथ चलो आप किसी का इलाज मत करना इलाज इस प्रेमी मुझे क्या मालूम था कि जो एम्बुलेंस कलकत्ते में डॉक्टर नहीं था बाबा को डॉक्टर दुर्गापुर में देना था इसलिए डॉक्टर हमारे साथ चलेगा ढाई महीने के लिए <laughs>

डॉक्टर साहब चलते हमारे साथ अब रहे हैं <laughs> अब डर ये लगा कि मैं अगर आज ही भजन नहीं करूं कल दूसरा पॉइंट कोई नहीं दबा रही <laughs> इसलिए ही सुबह से लेकर रात तक रात यात्रा करनी उसके बाद

भजन गाना फिर अभी जाकर खाना खाकर सोना है साढ़े सात बजे फिर निकलना है लेकिन प्रेमियों वैसे मैं दिल से बताऊं कोई अच्छाई नहीं है मुझ में और मैं किसी का भी नहीं लेकिन कसम बाबा की जब इस दरबार में खड़ा होता हूँ तो बाबा से यही गुजारिश है कि मेरे खून का एक एक कतरा भी आपके लिए आपके प्रेमियों के लिए बह जाए मैं कभी ये चिंता नहीं करूँ कि मुझे धीरे गाना है

अपनी पूरी जान लगाकर गाना है जिससे श्याम प्रेमी जुड़ जाए वो गाना है डॉक्टर साहब ने बाबा से प्रेम किया इसलिए वो जा रहे हैं बाबा के पास बहुत मुश्किल लगे प्रेमी भाई में ना पढ़ाई

सांचे अब सिर्फ मलाई है

देखिये आपके पास टाइम नहीं है मेरे पास टाइम है टाइम है कोई बात नहीं जाने वाले को कोई रोक सकता है जिसने मनी बना लिया कि घड़ी में जितने बजे मैंने उठना है वो उठेगा ही लेकिन जो सोच कर आया आएगा कि ग्यारह बजे उठना और साढ़े ग्यारह बजे तक बैठा है और रात को तीन बजे भी बुलाएगा ना तो बाबा खड़ी नहीं बैठेगा तीन बजे आ जाएगा

याद रखना रात को तीन बजे अगर बुलाओगे तो बाबा भी पहले घड़ी देखेगा कि जाना है कि नहीं वो एक बैठ गई है आइए

हमारे भाई साहब पुरुषोत्तम जी खाटू धाम से कलकत्ता आए निशान लेकर जाने के लिए और नींद के मामले में इनका बहुत ही आराहना है नींद से दो मिनट भी समय मिलता है वे सो जाते हैं लेकिन मैंने देखा आज बारहवा दिन है पैदल चलते हैं और रात को खिड़त चाहे साढ़े बारह बजे खत्म हो चाहे एक बजे खत्म हो

ये बाबा ने दरबार में कीर्तन में जरूर आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो खाटू नहीं पहुंच पाते उनकी अर्जी खाटू कैसे लगे वो इनको टेलीफोन कर देते हैं और ये रोज सुबह मंगला आरती में उनकी अर्जी बाबा के चढ़ा देते हैं अभी वो खाटू धाम में नहीं है

लेकिन कीर्तन में बैठकर कर कीर्तन के माध्यम से भी भक्तों की गर्जिया बाबा के दरबार में पहुंचाते हैं एक बार तालियां वगैरह का सम्मान है प्रेमी ने बाबा से पूछा बाबा प्रेम तुम्हें से किया तो गलत

कैसे भी है आज तक

स्वागत में पलक पाउडर बिछाया गली के हर मोड़ पर जय श्री श्याम जय श्री श्याम के नारे लग रहे थे इतने फूलों की बरसात जब से कलकत्ते से चले तब से हो रही है हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है दीवाने पागलों की भाती और इसमें सब शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी का कोई वो है वर्तमान वाले भी आ गए मेमारी भी आ गया

तिरंगी मोड़ भी आ गया पंडवा भी आ गया दुर्गापुर आ गया रानीगंज आ गया आसनसोल आ गया सब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज बंगाल में आज बंगाल में आखिरी दिन है कल झारखंड में प्रवेश करना है प्रेमियों बस इतना आशीर्वाद दे देना कि हम सब

बाबा के दरबार पर पहुंच जाए एक जयकारा लगवाऊंगा मैं लेकिन उसके पहले नियामतपुर श्री श्याम मंदिर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बाबा का जो आह्वान किया और बाबा

जब हम रेगी करने के लिए आए थे आसनसोल और नियामतपुर के अंदर में हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि रानीगंज से आसनसोल 15 किलोमीटर और फिर आसनसोल से फिर नियामतपुर इस उस समय इन्होंने 12 किलोमीटर बताया आज तो 16 लग रहा था हम सोच रहे इतनी जल्दी पड़ाव नहीं डालेंगे लेकिन दिल की बात बताऊ प्रेमियों परसों

दुर्गापुर से रानीगंज ये तो 29 तीस कहते आए लेकिन बस जब भी पूछताई छे जो कावड़ लेकर का जाता है छलकाई छे वो लाइट दिख रही है वहीं चौतीस किलोमीटर चला दिया लेकिन उस दिन जितनी टाइम उस दिन लगी उससे ज्यादा टाइम कर लगी और उससे उतनी ही टाइम आज भी लगी खड़े हुए श्याम दीवार

रास्ता पट गया रास्ते में जगह नहीं थी शाम की आरती करने के लिए लोग निकल निकल कर आ रहे थे और कोई बाबा की आरती करने आए और बाबा का रथ का चक्का आगे बढ़ जाए ऐसा हो नहीं सकता पूरे बंगाल को सल्यूट करता हूं शाम कला भवन की तरफ से और हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते बस एक प्यार के स्वरूप

एक छोटा सा हाँ और विशेष करके बंगाल पुलिस का बहुत बहुत आभार क्या बताऊ बर्दवान से जब हाईवे पर गाड़ी छड़ी ना पुलिस की गाड़ियां चल रही थी और हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं ना जो ऑफिसर थे वो मोहम्मदन थे लेकिन उनके भाव सुनना वो गाड़ी से उतर गए सबसे बड़ा ऑफिसर था

सब दवा है गाड़ी से उतर गए और उन्होंने मुझे बताया हम लोगों को बताया आप पैदल चलोगे हम गाड़ी में चलेंगे ऐसा हो नहीं सकता सिर्फ ड्राइवर गाड़ी में था आगे भी और पीछे भी और आगे चार आदमी चार ऑफिसर और पीछे ऑफिसर के साथ उनके स्टाफ जितनी दूर बुध बुध पुलिस स्टेशन तक उनकी उस दिन ड्यूटी थी वहां उन्होंने हैंड किया

एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने ये भावना दिखाई कि आप पैदल चलोगे अपने के हम नहीं चलेंगे और सुनना उन्होंने बॉक्स हाँ उस प्रणामी अपनी भावना से जोड़ जो भी समझ में आया मैं उनकी इस भावना को सल्यूट करता हूँ बेंगाल पुलिस का जिन्होंने पूरा साथ दिया आगे भी

हर स्टेट में साथ मिलेगा प्रीमियम फिर मैं कहता हूं कला भवन कुछ भी नहीं कर सकता हम कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन प्यार स्वरूप एक और बाबा का एक प्रतीक प्रतीक्षवन की तरफ से श्री श्याम कमेटी न्यामतपुर के श्री नरेश माउंडिया जी और दीपक तो ऐसा नहीं सुने ये बाबा का आदेश है बाबा का आदेश है आइए

पर मैं निवेदन करूंगा पुरुषोत्तम जी से कि कृपया हम एक बार दरबार में आए बाबा के दरबार में आए और नरेश जी माउंडिया और दीपक तोदी जी को नरेश जी को सौर उठाकर और दीपक तोदी जी को बाबा का प्रतीक चिन्ह प्रदान करके हमारा मान बढ़ाएं

पुरुषोत्तम भाई साहब कोई बनाने की जगह थे भाई साहब भाई साहब नरेश जी को दुपट्टा उठाकर सम्मान कर रहे हैं नरेश जी माउंडिया एक बार जोरदार डालिया में स्वागत करेंगे भाई साहब

में पर आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ आपको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ आपने समय दिया सुबह साढ़े सात बजे बाबा का प्रस्थान करेगा एक आपको

निवेदन करूंगा कि सुबह जो भी आए कोई भी बाबा के ऊपर इतने नहीं छूट कोई भी बाबा के ऊपर इतने नहीं छूट के किसी को भी अपनी अर्जी पहुंचानी है बाबा के रथ में वो अर्जी बांध दे वो बाबा के दरबार में डायरेक्ट पहुंच जाएगी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी हमारे पदयात्री श्री श्याम कला भवन के

उनकी व्यवस्था अग्रशी धर्मशाला में है उनसे निवेदन तुरंत वो गेट पर पहुंच जाए गाड़िया खड़ी है पांच मिनट के अंदर में यहाँ से निकलकर हमें धर्मशाला पहुँचना है और उसके बाद प्रसाद लेकर और सोना है सुबह हमें पाँच बजे उठकर साढ़े छह पौधे वहाँ से फिर यहाँ आना है और तो बाबा की आरती करके यहाँ से फिर बाबा के रथ के साथ प्रस्थान करना है बहुत बहुत धन्यवाद जय